बताना चाह रहा हूँ क्या वन टैप कैसे मरता है तो गाइस वीडियो, वीडियो, तो वीडियो, so वीडियो, तो वीडियो को देखो ठीक है सो so, सबसे पहले मेरे को मोमेंट दिखाना है ठीक है चलो मोमेंट मैंने देखे दिया गाइस तो अभी मेरे को बंदा का सामने कर, मेरे को So guys, मेरे को इमोट मारना होगा सो सो सो मारो मारो भाई भाई भाई भाई साथ साथ, साथ हैकर इसलिए को चलो भाई चलो अब मेरे को किंग वाला इमोट दिखाकर हेडसॉट कैसे मरना है दिखाना है ठीक है चलो भाई किंग वाला इमोट मार दिया सो so गाइस अब देखो व्हाट